नमस्कार स्वागत अभिनंदन दर्शकों आज हम बात करेंगे कि सूर्य देव का जो धनु राशि में गोचर हुआ है इसका प्रभाव मे से लेकर मीन राशि के जातकों के ऊपर क्या क्या पड़ेगा तो दर्शकों सबसे पहले जानिए कि सूर्य गोचर है क्या तो सूर्य गोचर का सीधा सा सूर्यदेव का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को जगत का पिता कहा जाता है वैदिक ज्योतिष में यदि हम बात करें तो सूर्य को सभी नौ ग्रहों का राजा माना गया है आप सभी लोग जानते हैं सूर्य देव जो हैं ये सभी नौ ग्रहों में प्रमुख है ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को विशेष रूप से देखिए सरकारी सेवाओं का दाता आत्मा का का कारक पूर्वजों का भी कारक कहीं कहीं माना जाता है सूर्य अग्नि तत्व क्षत्रिय वर्ण लाल रंग के प्रतीक है एवं पूर्व दिशा के स्वामी है मेष राशि में जहाँ सूर्यदेव उच्च के होते हैं वही तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं चंद्रदेव मंगल देव और जुपिटर गुरु ये सूर्य के मित्र हैं हैं जबकि शनि और केतु सूर्य के सूर के शत्रु माने जाते वहीं है सूर्यदेव दर्शकों धनु राशि में 16 दिसंबर को अः प्रातः सुबह नौ बजकर पांच मिनट में प्रवेश करेंगे और 14 जनवरी 2020 तक ये यहां पर रहेंगे तो दर्शकों मेष से लेकर के मीन राशि के जो जातक हैं इनके ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इनका और साथ ही साथ उपाय क्या है तो मेष राशि सूर्य देव आपकी राशि से नवम भाव में स्थित होंगे देखिए जो नवा भाव होता है इसको भाग्य का भी भाव कहते हैं तो ये प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल समय रहेगा दूसरा भाग्य का आपको साथ मिलेगा किसी दूर रहने वाले मित्र से आपकी मुलाकात संभव है कमर में आपके कुछ दर्द रह सकता है संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा लेकिन धन की हानि भी संभव है अतः सोच समझ करके आपको कहीं पर निवेश करना चाहिए दूसरों के बहकावे में आने से बचिएगा बहकावे में मत आइएगा धर्म आदि पर आपका पैसा व्यय होगा किसी धार्मिक स्थल पर आप जा सकते हैं मेष राशि के जातकों आप लोग अपनी बातचीत में अधिक भावुक मत हुईगा अपनी बातों पर संयम बनाए आपको रखना रहेगा फिलहाल घर परिवार के लोगों में अच्छा तालमेल रहेगा भगवान भास्कर को जल में आप लोग एक चुटकी कुमकुम डाल करके जिसको रोली बोलते हैं आप लोग अर्घ दीजिए अच्छा रहेगा वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए चूंकि सूर्यदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में स्थित होंगे आपसी तालमेल में कुछ कमी रहेगी आपकी अपने से जो है जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी आपको अपने निजी संबंधों को भी बहुत सहज कर रखने के यहाँ सितारे सलाह दे रहे हैं इस दौरान वृषभ राशि के जातक किसी पुराने विवाद में फंसने के लोग हैं हो सकता है आपका कोई पुराना केस या कोई मुकदमा आपका खुल जाए अतः इस दौरान आपको विशेष सावधानी, रखने की है। वाहन सावधानी आपके वाहन भी देखिए खराब हो सकते हैं और धन का एक हिस्सा वाहन के में खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा उपाय के तौर पर क्या तो को, हर रविवार को आप लोग गुड़ और लाल मसूर की दाल ये जरूर आपको खिलानी रहेगी मिथुन जेमिनी तो राशि राशि के के आपकी से सप्तम सप्तम भाव भाव में स्थित होंगे जीवन साथी के साथ जीवन साथी साथी साथ अनबन होगी का का का होता होता होता है का होता है है पार्टनर व्यवसाय यदि आपने बात को नहीं संभाला तो इस, स्थिति बड़ी विस्फोटक होगी और कहते नहीं है कि तिल का ताल बनाना या राई का पहाड़ बनाना ये चीजें होंगी आपके अंदर क्रोध और अहंकार आएंगे अपने आचार व्यवहार को नियंत्रण में रखना ही आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा प्रेम संबंधों में भी आपको अधिक सुख नहीं मिलेगा इस गोचर में आपको मुख्यतः अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं और बड़े निर्णय लेने से परहेज करना होगा अधिक तीखा भोजन नहीं करना है और कोशिश कीजिएगा कि शीतल पदार्थों का यदि आप प्रयोग बंद कर दें तो ठीक है वरना कफ से रिलेटेड, गले से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है देखिए दर्शकों फटाफट फटा आप लोग जय श्री राम का उद्घोष जरूर कीजिए और इसके साथ साथ यदि आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं उनसे मिलकर के करवा सकते हैं जयपुर आगमन हो रहा है इक्कीस और बाईस दिसंबर को और दिल्ली आगमन हो रहा है 27, 28 तारीख को तो जो दर्शक दिल्ली से या जयपुर से हैं या इनके आसपास के क्षेत्रों से हैं तो आप लोग हमसे आकर के मिल सकते हैं राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का यह गोचर कैसा रहेगा तो देखिए छठे भाव से आपके गोचर होगा सूर्य आपकी राशि से भाव में स्थित होंगे किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना है यदि आपने किसी को उधार दे दिया आपका पैसा फंस जाएगा आपका विवाद आपके मामा के साथ हो सकता है देखिए छठा स्थान मा का भी होता है और रिश्तेदारों से आपको अच्छा व्यवहार रखना है किसी को रुष्ट नहीं करना है झूठे वादे नहीं करने हैं पेट से संबंधित कोई रोग या बीमारी आपको इस दौरान हो सकती है और हॉस्पिटलाइज होने की भी नौबत आती हुई दिखाई पड़ रही है आ, आपको अपने घर पर अपने निवास पर रख रखाव के कार्यों पर खर्चे पैसे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और एक चीज बता दे कि कोई आपके साथ चीट कर सकता है फ्रॉड कर सकता है उच्च उच्चाधिकारियों से आपको मदद यहाँ पर मिलेगी आपके कार्यों को नौकरी में सराहा जाएगा किंतु आप अधिक कार्य के कारण परेशान रहेंगे मल्टी टास्किंग रोल में यहाँ पर अः कर्क राशि के जातक न जा तक पाएंगे Uh, उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कर्क राशि के जातकों को तो देखिए आदित्य हृदय का आपको पाठ करना रहेगा और कोशिश कीजिए संडे वाले दिन रविवार वाले दिन आप लोगों को नमक वाइट करना रहेगा वही सिंह राशि के जो हमारे जातक रहेंगे उनके लिए ये गोचर कैसा रहेगा तो देखिए सिंह राशि के जातकों सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव में स्थित होंगे पंचम भाव होता है बुद्धि का विद्या का प्रेम का या लव रिलेशन का आप कह लीजिए तो आपको प्रेम संबंधों में थोड़ी सी जो है यहाँ पर अनुकूलता दिखेगी कोई नया जो है आपके जीवन में प्रेम का जो है पदार्पण हो सकता है किसी नए व्यक्ति से या किसी जो है मेल है तो फीमेल से या फीमेल है मेल से आपकी दोस्ती हो सकती है लेकिन आपको अपनी वाणी पर जो है खासतौर पर ध्यान रखना पड़ेगा लाभ के और बनेंगे और वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं कामकाज में भी आ, इस दौरान आपको जो है आनंद आएगा आपका आत्मविश्वास जरूर अच्छा रहेगा एक बात और बताएंगे कि किसी भी प्रकार के यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपने दिए हैं उसके रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को करना ये रहेगा कि सुबह जल्दी उठना है और सूर्य के प्रकाश में आपको नहाना है नहाने का मतलब जल से नहीं सुबह उठिए सूर्य की रोशनी में चेयर डाल करके 15 से 20 मिनट आप बैठ जाइए इसको ही बोलते हैं सन बात ये आप करिए दूसरा एक प्रयोग ये है सूर्य देव के समक्ष बैठ करकेगा तो देखिए सुख के घर में यहाँ पर जो है सूर्यदेव का गोचर रहेगा चतुर्थ भाव में ये स्थित होंगे दसम पर दृष्टि से आपको कामकाज में बहुत अच्छा रहने वाला है आपके उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है और एक बात बता दे कि कोई नई नौकरी या सरकारी सेक्टर, सेक्टर जब जो की तो से कभी बनेगा कि सैनिक बनेगा लेकिन आधुनिक ज्योतिष के हिसाब से जैसे, जैसे जैसे जो है मांग बढ़ती गई इसी हिसाब से लोग बताने लगे कि सरकारी प्राइवेट ऐसा नहीं है आपको कोई ना कोई नौकरी मिलेगी इस गोचर में आपको लंबी तीर्थ यात्राएं यात्राओं पर भी जाने का योग बन रहा है। साथी के काम का आज में के जात को। जीवन करना अपने साथी रहेगी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो आप लोगों के रिश्ते में कुछ खटास भी आ सकती है उपाय के तौर तो पर करना क्या रहेगा तो संडे वाले दिन नमक को एवॉइड करिए और सूर्य गायत्री मंत्र का प्रतिदिन इक्कीस बार जरूर जाप करिए वही तुला राशि देखिए दर्शकों बहुत लंबा राशि फल नहीं बनाएंगे क्योंकि आपके पास भी समय की जो है बहुत ज्यादा जो है कमी रहती है हमारे पास भी रहती है तो बहुत ही संक्षेप में ये चीजें हम आपको बता रहे हैं अधिक कुछ जानना हो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं तुला राशि के जात को सूर्यदेव आपकी राशि से तृतीय भाव में स्थित होंगे गोचर करेंगे तो तृतीय भाव पराक्रम का होता है तो पराक्रम में वृद्धि होगी रिश्तेदारों भाइयों से अच्छा लाभ आपको मिलेगा तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है तो छोटे भाई बहन आपके किसी प्रोजेक्ट पर आपकी हेल्प करेंगे मित्र लोग आपके आप रहेंगे और और आपकी मदद करेंगे आपका आपका भाग्य भी देखिए इस दौरान आपको आपको साथ देगा नए कामों में में सफलता मिलेगी आपके प्रयास प्रयास बहुत सफल रहने वाले हैं बस सही दिशा में आप प्रयास तो कर रहे हैं। उसको जब पराक्रम आएगा तो पराक्रम जाएगा कहा तो व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में, में आपको नहीं पढ़ना रहेगा हाँ स्वास्थ्य का आपको अवश्य होगा आप में बहुत ही अच्छा अंदरूनी बल बना रहेगा जो आपको सतत कर्म के लिए प्रेरित करेगा उपाय के तौर पर क्या करना रहेगा तो तुला राशि के जात को प्रतिदिन कोशिश कीजिए कि सुबह उठ करके गाय को थोड़ा सा गुड़ खे जो है खिलाइए और जब आप कार्यक्षेत्र पर निकले तो गुड़ का सेवन करके निकले बहुत अच्छा रहेगा वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा तो धन भाव में चुके गोचर होगा सेकंड स्थान पर यह गोचर जो है आपका रहेगा तो देखिए सेकंड स्थान जो होता है ये वाड़ी का भी होता है ये फिक्स धन का होता है तो धन भाव में सूर्य लाभ तो देता है लेकिन उसकी हानि ही कराता है आपको नेत्रों में कुछ पीड़ा हो सकती है और आपका मन कुछ खराब हो सकता है आपको खर्चों का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि आप ही महंगी वस्तुओं पर अपने धन को एक्सपेंस करते हुए इस गोचर के दौरान दिखाई पड़ेंगे आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी और आप दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे आपको अच्छा धन लाभ होने की योग भी है किंतु प्रेम संबंधों में आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है आपको सट्टे अर्थात जो राशि के, के सट्टे अथवा अनुमान आधारित लाभ के चक्कर में नहीं आना है उपाय के सट्टेगा बंद कर दीजिए बड़े सुखी रहेंगे धनुराशि तो लग्न में सूर्य आपको अधिक अहंकारी बना सकता है अतः अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना होगा निजी जीवन भी थोड़ी सी अस्त व्यस्तता हो सकती है और स्वयं का व्यवहार आपका कुछ बिगड़ा बिगड़ा रहेगा आपको इस गोचर के दौरान कोई पद प्रभुता अधिकार मिलेगा देखिए जो प्रथम हाउस होता है ये आपके क्या कहते हैं मान सम्मान का, तो का भी होता है और मान हानि का भी होता है तो मान हानि से आपको बचना होगा स्वास्थ्य आपका कुछ बिगड़ सकता है और पेट से संबंधित कोई रोगी हो सकती है जो काम है वो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो लोग कॉन्ट्रेक्ट लेते हैं सरकारी जो है क्षेत्रों का या जो लोग एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड वर्ग करते हैं पठन पाठन अध्यापन से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए गोचर काफी कुछ अच्छा रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिये आदित्य हृदय का आप लोग पाठ करिए से भाव। जो होता है सया सुख का होता है विदेश का भी होता है तो व्यभावित होंगे आपको अपनी बातचीत में संयम रखना है छोटे भाई से विवाद संभव उसके कारण आपको हानि होने की भी संभावना है आपके फोन में लैपटॉप में ये जो चीजें हैं कुछ आपके डाटा लीक हो सकते हैं तथा फोन और लैपटॉप इत्यादि होने के भी चोरी होने के भी योग बन रहे हैं ये जो गोचर एक महीने का रहेगा आपको अनिद्रा की समस्या का शिकार भी करा सकता है स्वास्थ्य को लेकर के आपको सजग रहना होगा आपके कामकाज में थोड़े से धीमेपन के आसार दिखाई पड़ रहे हैं बनते बनते आपके काम आपको लगेंगे बन गए लेकिन वो बनेंगे नहीं बिगड़ जाएंगे अधिकारियों की फटकार भी इस गोचर के दौरान आपको झेलनी पड़ेगी आपको प्रेम संबंधों में भी कोई विशेष सुख यहाँ मिलता हुआ दिखाया नहीं पड़ रहा है एक चीज और बता दें इस गोचर में आप हॉस्पिटलाइज़ भी हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या है कि जल का अधिक सेवन करिए प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दीजिए और भ्रामरी प्राणायाम जरूर करिए यदि आप चाहते हैं कि अनिंद्रा के शिकार ना हो तो कुंभ राशि के जात सूर्य आपकी राशि से एकादश भाव में स्थित होंगे एकादश भाव लाभ का होता है आय का होता है। तो इनकम के एक से अधिक जो है रास्ते आपके होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ आपको अपने जीवन साथी से लाभ होने के अच्छे योग बन रहे हैं और साथ ही साथ आपको किसी शासकीय व्यक्ति से भी किसी प्रकार की सहायता मिलने के आसार है यदि आप सरकारी कर्मचारी अथवा कोई ठेकेदार इत्यादि हैं तो आपको कुछ कुछ लाभ इस गोचर से जरूर मिलेगा मिलकर रहेगा ये हंड्रेड परसेंट तय है व्यवसायियों के लिए भी यह गोचर होने वाला है धन आगमन के अच्छे योग बन रहे हैं उपाय के तौर पर क्या करें नित्य आप लोगों को करना ये रहेगा कि रेवड़ी जानते होंगे रेवड़ियों को आप लोगों को गरीबों में बांटना है संडे वाले दिन विकलांग व्यक्तियों को पका हुआ भोजन जो है कराना रहेगा अंतिम राशि पर बढ़ते हैं लेकिन दर्शकों फटाफट देखिए आप लोग लाइक कीजिए और जय श्री राम का आप लोग उद्घोष जरूर कीजिए आपके वास्तविक जीवन में क्या प्रभाव लाएगा आप लोग अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए अष्टक वर्ग में सूर्य की क्या पोजीशन है कितने अंक मिले हैं देखिए दर्शकों ज्योतिष कोई दो मिनट या पांच मिनट या दस मिनट की चीज नहीं कि आपको बता के आपको बता दे तो आप अपनी कुंडली में देख लें जैसे आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ वैसे ही जो ज्योतिषी लोग होते हैं ये भी अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं तो आप लोग भी अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर साल में दो बार तीन बार जरूर करवाइए जरूरी नहीं हम करवाइए जो भी आपको योग्य दिखे आप उससे करवा सकते हैं और एक बात बताएं दर्शकों की जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं उम्मीद के साथ की हमको सही कर देंगे उसी तरीके से ज्योति के पास भी जब जाते हैं तो मन में विश्वास रख करके उपायों को करिएगा ये नहीं कि आप किसी ज्योतिषी के पास जाओ उसने कुछ उपाय बताए आप आए और ठंड गोपाल कुछ कर ही नहीं रहे तो फायदा आपको नहीं होगा खैर अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों आप लोग भूले तो नहीं हैं 21 और 22 दिसंबर को जयपुर का हो रहा है अट्ठाईस उन्तीस दिसंबर को दिल्ली आगमन हो रहा है तो आप लोग जयपुर या दिल्ली से हैं तो हम पर्सनली मिलकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं मीन राशि के जातकों पूरे आपकी राशि से दशम भाव में स्थित होंगे टेंथ हाउस कर्म का पद का प्रभुता का अधिकार का तो आपके मन में दुविधा बनी रहेगी कोई रिजल्ट आएगा कि ये नौकरी करे कि वो करे जिनको नौकरी छोड़नी है उनके लिए अच्छा समय है दूसरी नौकरी पाने के लिए दूसरी नौकरी मिलेगी ये नौकरी आप क्विट करेंगे रिजाइन करेंगे स्वास्थ्य में कुछ सामान्य समस्या इस दौरान रह सकती है घरवालों के साथ कुछ बात विवाद संभव है इस गोचर के दौरान आप कोई नया वाहन इत्यादि भी देखिए क्रय कर पड़ा है ना दूसरों के द्वारा आपकी दक्षता ना पसंद की जाएगी और आपके अंदर कुछ मित्रों अथवा किसी नजदीक व्यक्तियों के ऊपर प्लीज आप लोग सक मत करिएगा अन्य फिर बात बहुत आगे बढ़ सकती है हाँ, इस यदि आप बहुत बड़े अधिकारी रैंक के हैं तो आपके द्वारा किसी अपने से निम्न लोगों को नौकरी इत्यादि जो है दी जाएगी रखा जाएगा आपके द्वारा आपकी लेखनी में ताकत आएगी तो ये गोचर मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के ओवरऑल अच्छा रहेगा यात्राएं इस माह बहुत रहेगी मीन राशि के जातकों के लिए उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए सूर्य गायत्री मंत्र का डेली 108 बार जाप करिए भगवान भास्कर को जल में हल्दी और कुमकुम -कुम डाल करके अर्घ देना रहेगा तो छोटे-छोटे से आप प्रयोग करिएगा दर्शकों हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि जब भी समय मिलता हम लाइव आ जाते हैं और आप लोगों से जो है संवाद होना शुरू हो जाता है अः अभी हम चूंकि फोन कॉल नहीं उठाएंगे चूंकि हमारा जो लाइव राशिफल होता है उसी में हम ये प्रोग्राम उठाते हैं लेकिन इस समय सूर्य देव का 16 दिसंबर है गोचर हो गया था ये वीडियो बनाना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक था कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और जय श्री राम आप लोग उद्घोष जरूर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम